कटनी में एक भक्त ने साईं मंदिर में दर्शन करते समय प्राण त्याग दिए भक्त माथा टेकने के लिए भगवान की मूर्ति के सामने झुका और उठा ही नहीं जिसके बाद मंदिर में आए श्रद्धालुओं और पंडित जी ने उसे उठाकर अस्पताल भेजा जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया कटनी में साईं भक्त राकेश मिहानी साई बाबा के दर्शन करने मंडी रोड स्थित साई मंदिर पहुंचे जहां उन्होंने साई बाबा की मूर्ति के सामने माथा टेका और उसके बाद उठे ही नहीं सभी श्रद्धालु दर्शन कर आगे बढ़ रहे थे लेकिन जब कई देर तक भक्त नहीं उठा तो मंदिर में मौजूद समिति के सदस्यों और मंदिर के पंडित जी ने उसे उठाया और भक्त को इलाज के लिए अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया ये पूरा वाक मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया डॉक्टरों का कहना है कि राकेश की मौत हार्ट अटैक आने की वजह से हुई है उसके बाद चालू साई भक्त आए दर्शन करे एक माता बोले पंडित जी भैया पंद्रह मिनट से हुए माता हुए इसके बाद में बोला बाबा की मानो कोई मनोक्रम फल प्राप्त मांगता हुआ दस मिनट बाद मैं सुन गया, उसको तो उठाया फसूकर तो आ रहा है। तो फिर सभी भक्तों को बुलाए तो उसके तो बाद गाड़ी को ले जाया तो तो बाहर ले खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं